आज हम मौजूद हैं विकास खंड बक्सा के ग्राम सभा के उटली में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मजदूरों द्वारा किस तरह काम हो रहा है हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं भाई साहब एक मजदूर हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी ये बताइए आप यहाँ पर किस तरह जो है काम हो रहा है मनरेगा के तहत काम हो रहा है सर, और नाम ऐसी बहुत ही संतोष जनक काम प्रधान अच्छा प्रधान के प्रति आप संतुष्ट है ना खुश संतुष्ट है पूरा गाँव भी संतुष्ट है इसीलिए सरपंच प्रधान बनाया गया अच्छा आप लोग इसी जो काम कर रहे हैं आ, कोई इसमें प्रधान के द्वारा कुछ आपको दबाव बात नहीं दिया जाता दबाव है? किसी को नहीं है पूरा गांव भी यहीं पे सामने आते हैं सब संतोषजनक बात से मतलब प्रधान की तरफ से संतोष है संतोष है सबको भाई सही काम कराते हैं सही समय पर पेमेंट करते हैं और अच्छा काम कराते हैं गाँव के हित के लिए आप देख सकते हैं ये थे मजदूर मलरिया के मजदूर हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी काम होता है प्रधान के तहत जो है मलरिया के द्वारा हो रहा है सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो निश्चित रूप से धरातल पर आती हैं और हम यहाँ पर प्रधान भी मौजूद हैं इनसे हम भी जानने की कोशिश करेंगे प्रधान जी आपका क्या नाम है हमारा नाम राम साछा प्रधान जी ये बताइए आपके गाँव में अब तक जो विकास हुआ है क्या क्या हुआ है जो भी आया है सर के विकास के लिए हमने सब जमीन पे उतारा है जी उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं जी जी पूरा पूरा संपूर्ण विकास हो रहा है खेल का मैदान यहाँ खेल का मैदान बन रहा है हाँ और सर जो भी शौचालय जो भी हो व्यवस्था सब व्यवस्था हम एकदम ए टू जेड उतारते हैं और सब आदमी के ऊपर ही छोड़ देते हैं अपना करके अपना देखो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है क्या हो रहा है सब पेमेंट से कोई दुखी नहीं होगा ना पक्ष विपक्ष कभी करते हैं ना हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष है ही है मान लो बस केवल चुनाव लड़ते भर पक्ष विपक्ष रहता है इसके बाद पक्ष विपक्ष नहीं रहता आप में केवल चुनाव के दौरान पक्ष विपक्ष हमारे पक्ष विपक्ष रहता ही नहीं हाँ हम क्यूँकी सबका काम करते हैं सबका साथ सबका विचार आप देख सकते हैं ये हैं राम प्रधान केवटली के राम सहाय जी और इनका कहना है कि आप हमारे जो इस गांव में जो या है हो या विपक्ष जो है केवल पच और विपक्ष चुनाव के समय रहता है बाकी सब जो है पच में हो जाते हैं और आप इनका यह कहना है कि आप बेहिचक हमारे गांव में देख सकते हैं कि कितना काम में कराएगा बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हम धरातलते हैं हमारे यहाँ चाहे जो आके जाँच कर